मजा नहीं तेरे वी तेरे सारे सासों की नोस पर सार le de de aoge jab tum ho se तो तुम्हें हजर गी तेरे तुम्हें तो बल्को तो बजारे हरा भरी तरसा तुम्हें तो सपनों का जहा खिला Oh, so sure.